जो है लकड़ावाला समिति के बारे में सुना होगा या अन्य समितियां उस समय समय पे 1990 के आसपास में 2400 कैलोरी गाँव में और 2100 कैलोरी शहरों में कोई व्यक्ति यदि प्राप्त कर रहा है तो उसे हम गरीबी रेखा मानते थे तो 1990 सौ नब्बे में लकड़ावाला समिति के आधार पर लगभग छत्तीस प्रतिशत आवर्टी हुआ करती थी और अगर आप दो में सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर गरीबी रेखा परसेंट से देखना चाहेंगे तो वो घट करके लगभग 21 परसेंट के आसपास आ गई। तो एक तरीके से जो एम का पहला गोल था पहले गोल से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों की ओर हम बढ़ने लग गए और एक्सट्रीम पावर्टी पे काफी हद तक नियंत्रण पाया गया दूसरी चीज जो इसी पहले गोल में ही निर्धारित है कि हम हंगर को कंट्रोल करेंगे भूखमरी को कंट्रोल करेंगे भूखमरी के संदर्भ में अगर आप उन्नीस सौ का डेटा देखेंगे तो एन एफ एच एफ नेशनल पचास परसेंट से अधिक जनसंख्या उस समय अंडरवेट हुआ करती थी लेकिन विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस प्रकार से चलाई गई चाहे वो स्वर्ण जनती ग्राम स्वरोजगार योजना हो चाहे नरेगा हो चाहे पी डी एफ सिस्टम हो अन्य प्रकार की नीतियां हो तो हमने फूड की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित तो करवाई जिसका परिणाम ये आज के समय 2015 में अगर आप देखें तो लगभग ये घट करके पंद्रह 17 परसेंट के आसपास अंडरवे पॉपुलेशन रह गई तो काफी हद तक इस मामले में या इस फो को, गोल को प्राप्त करने में हम लोग सफल रहे चुनौतियां और भी है लेकिन उन्हें आगे प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है अगर दूसरे चीज के बारे में हम बात करें कि जो दूसरा गोल है एम डी का जो बात करता है कि अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का इस संदर्भ में आपको याद होगा कि आ, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और उसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया जिसके चलते छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाना उनका मौलिक अधिकार या प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बनाया गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो बनाया गया और साथ ही साथ प्रत्येक अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य भी, भी बनाया गया हजार तो पंद्रह के के तक हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज का जो रजिस्ट्रेशन है या उनकी प्राइमरी एजुकेशन है वो लगभग हंड्रेड परसेंट हो जाती है एक और चैलेंज इसी के साथ ये रहता है कि हम प्राइमरी एजुकेशन का जो 100% पर लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उसमें साथ ही साथ हमें महिलाओं को भी या बच्चियों को भी बेटियों को भी उस शिक्षा से उस शिक्षा को उपलब्ध करवाना है तो ये जो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है ये काफी हद तक सक्षित रहा है क्योंकि सरकार ने इसके लिए तरह तरह के प्रावधान किए चाहे वो आर हो चाहे एमडीएम योजना हो या मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा हो इस तरह के माध्यम से ये काफी हद तक प्राप्त होता है तीसरा अगर आप देखें तो प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन एजुकेशन या सेकेंडरी तक में मिडिलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था जो 2015 तक सभी में था जो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन है उसमें तो हम बहुत हद तक कारगर हुए हैं लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा या जा चुका है लेकिन जब आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो अभी भी हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा तो ये एक वर्तमान समस्या बनी हुई है और भले ही हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जेंडर इक्वेलिटी हो गई है एक तरीके से या जेंडर डिस्पैरिटी वहां पे नहीं है लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है आगे वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है अगर आप चाइल्ड मोर्टैलिटी जो चौथा हमारा यम का गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी इस पे अगर बात करें तो जैसा कि अभी हमने आपसे कहा इस इसके दो लक्ष्य रखे गए अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टैलिटी और दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो जो अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट है वो बेसिकली बात करता है एक वर्ष में एक हजार जीवित शिशुओं में पांच वर्ष की आयु uh, या उससे पहले तक मृत बच्चों की संख्या ये हमारा अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट होता है और दूसरा जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है इस इंफेंट मॉर्टैलिटी रेट में जन प्रति एक हजार शिशुओं में जन्म लेने वाले जो एक हजार शिशुओं में जन्म ले रहे हैं एक साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है उसे हम मिलाकर के कहते हैं इंफेंट मॉर्टैलिटी रेट और इस इंफेंट मोर्टेलिटी रेट में या चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट की अगर बात करेंगे तो जो यम का लक्ष्य था उन्नीस 1990 नब्बे की तुलना में 2015 तक में हम इसको दो तिहाई कमी करेंगे टू थर्ड तक हम इसे कम कर पाएंगे तो अगर आप देखें कि 1990 में जो हमारा देखेंड मॉर्टेलिटी रेट था वो एक प्रति एक हजार था जो 2015 हजार में आकर के 43 प्रति एक हजार हो गया निश्चित रूप से ये भी एक बहुत सकारात्मक कदम या सकारात्मक उपलब्धि रही है दूसरी तरफ अगर आप इनफाइल मॉर्टेलिटी रेट का देखें तो ये 1990 में 80 प्रति एक हजार हुआ करता था और अगर 2015 में आप देखें तो ये घट करके 37 प्रति एक हजार हो गया है तो बेसिकली जो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये काफी हद तक सफल रहा है और इसके पीछे कारण ये है कि जो टीकाकरण की सुविधाएं हैं या जो मेडिकल फैसिलिटी है बेसिकली इसी भी समाज में अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट उस समाज में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में एक स्पष्ट संदेश देता है तो भारत में इस मामले में अच्छी उपलब्धि हुई है कि हम अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट दोनों को ही घटाने में सफल हुए हैं इसके अलावा अगर हम इम्प्रूव मैटर्नल हेल्थ की बात करें तो जैसा की अभी हमने आपसे बताया कि इंप्रूव मैटर्नल हेल्थ के संदर्भ में मैटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो की बात की जाती है जो प्रति लाख महिलाएं या तो गर्भावस्था के दौरान या तो फिर अः डिलीवरी के दौरान या तो डिलीवरी के 42 डेज तक हमको याद रखना पड़ेगा कि जो मैटर्नल मोर्टलिटी रेटियो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग डिलीवरी और डिलीवरी के 42 डेज तक यदि किसी मदर की डेथ होती है तो हम उसे कंसिडर करते हैं मैटर्नल मोर्टलिटी रेट के बारे कहते हैं ये प्रति एक लाख में गणना होती है और 1990 में ये चार प्रति एक लाख हुआ करता था अगर आप इसे 2015 में देखेंगे तो जो घट करके 150 प्रति एक लाख तक पहुंच गया है तो निश्चित रूप से तो ये एक अच्छी उपलब्धि है और ये जो मैटर्नल मोर्टलिटी रेट है इसके कई आ, घटक हैं। कैसे ये इंप्रूव हुआ क्योंकि सरकार ने जो डिलीवरी के लिए ट्रेनड पर्सनस है उन उनकी नियुक्ति की गई या उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या संस्थागत प्रसव की सुविधाएं तो भी उपलब्ध कराई गई साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज भी प्राप्त हुई है जिसके चलते बहुत आसानी से ये प्राप्त समझा जा सकता है कि मदर को क्या दिक्कतें हो सकती है इसके अलावा जो हम आ, अगर छठवें बात करें जो है कि कम बात यहाँ और uh, मलेरिया या अदर डिजीज तो उस समय तक एड्स एक बहुत ही चर्चित बीमारी हुआ करती थी तो यमडीजी का लक्ष्य ये रहा कि हम 2015 हजार तक में इसको सभी लोगों तक अवेयर भी करेंगे कि एड्स के रीजन क्या हैं और एड्स से बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं या जिन व्यक्तियों में एड्स है उन्हें हम किस प्रकार से सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो ये एक अच्छा रहा साथ ही साथ ये माना गया है कि हम 2015 तक जो मलेरिया की दिक्कत है मलेरिया डिजीज है उस पे हम बहुत हद अच्छा तक कंट्रोल करेंगे और टीबी के लिए भी कहा गया कि जो टीबी टीबीस है उस दौर में मलेरिया और टीबी भी जानलेवा बीमारी हुआ करती थी तो जो आज के समय में जानलेवा बीमारियां नहीं रह गई है तो इन पे भी कंट्रोल करने की बात की गई और इनके भी आंकड़े बड़े ही सकारात्मक रहे इसके अलावा अगर हम सातवें एम डी जी बात करें जो इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो चाहे पंचवर्षीय योजनाएं आई हूं उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा दिया है या उसके बाद अगर आप जितने भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाई गई उससे पहले हमने इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी ध्यान में रखा हुआ है दूसरी चीज अः वनाच्छादन को बढ़ावा देने की बात की गई तो उसपे भी अभी आप देखिए कि यद्यपि की जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है उसके द्वारा 33 परसेंट वन उत्सादन की बात कही गई हम 33 परसेंट तक तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन लगभग वो 22 परसेंट के आसपास तब था और अभी चौबीस परसेंट के आसपास पहुंचा है तो एक बड़ा चैलेंज है लेकिन फिर भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं इसी का एक और लक्ष्य था बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना इसके लिए भारत सरकार ने जैव विविधता कानून दो पारित किया जिसके माध्यम से हम जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जो जैव विविधता है उस जैव विविधता को संरक्षित करने की बात करते हैं जो हमारी बिलूत बिलूत प्राय प्रजातियां हैं चाहे वो पेड़ पौधों की हो चाहे वनस्पतियां या जीव जंतु जीव जंतुओं उनके संरक्षण की बात आ, की गई है और उस दिशा में भी बहुत सकारात्मक प्रयास चल रहे है। उसके अलावा अः तक जो उन्नीस में लगभग सिक्सटी एफ एंड ड्रिंकिंग वाटर की की सुविधा हुआ हुआ करती करती थी थी लगभग लोगों के पास ही स्वच्छ पेयजल में से जो 2015 तक करके 90 से अधिक पहुंच गई प्रयास करने का परिणाम रहा और उसके अलावा अगर आप देखें तो उसमें एक लास्ट जो था कि हम जो मलिन बस्तियां हैं झुग्गी झोपड़ी है, है उनपे गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे दो तक इस दिशा में भी सरकार के संस्थाओं के कार्य उल्लेखनीय रहे हैं और इन सभी जो अभी तक सात लक्ष्य उद्देश्यों और विभिन्न लक्ष्यों और इंडिकेटर्स के बारे में बात की गई इनको प्राप्त करने के लिए जो आठवां गोल था कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट की बात थी वो भी बहुत सकारात्मक रहा आप बहुत बार ऐसा सुनते होंगे कि विश्व बैंक के द्वारा किसी स्टेट विशेष में राज्य विशेष में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए कई करोड़ रुपए कई करोड़ डॉलर जारी किए गए विश्व के कई देश हैं जो विभिन्न प्रकार के चाहे पॉवर्टी रेडिकेशन हो चाहे एजुकेशन के लिए हो चाहे हेल्थ फैसिलिटी के लिए हो चाहे इस प्रकार के जो पर्यावरण संबंधित इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो उसके लिए विश्व के कई सारे देश आ, सहयोग कर रहे हैं उस सहयोग का परिणाम ये रहा है कि हम इस जो अभी हमने अचीवमेंट पे बात किया यहाँ तक पहुंच पाए हैं लेकिन पूरी चर्चा के दौरान आपने एक चीज ये सुना या ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एम बनाए गए उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि हम एक्सट्रीम पावर की और मानव विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करेंगे किस लाइन का मतलब ये निकल करके आता है कि जो हमारे गोल्स हैं वो गोल्स बेसिकली डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ही बनाया गया तो जाहिर सी बात है उसमें जो डेवलप्ड नेशन है विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वह अपोज भी करेंगी और उसकी आलोचना भी करेंगी और उन्हीं आलोचनाओं का परिणाम आप देखते हैं कि जो यमडी हमारा केवल गरीब और पिछड़े देशों के ऊपर निर्भर था या पिछड़े देशों के लिए था उसी का जो नेक्स्ट स्टेप आता है दो में जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो इस यमडी की तुलना में एक बहुत ही बृहद अवधारणा होती है आप अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एमडीजी में गोल्स रखे रखे रखे गए रखे गए है, इंडिकेटर्स रखे गए हैं हैं हैं कुछ कुछ टारगेट्स इंडिकेटर्स अक्सर इनके तुलना में अगर आप देखेंगे तो जो यस डी जी बेसिकली उसमें सत्रह उद्देश्य हैं वन सिक्सटी नाइन टारगेट्स हैं और टू फोर्टी सेवन इंडिकेटर्स जाहिर सी बात है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न केवल डेवलप्ड डेवलपिंग uh, नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन को कवर कर रहे होंगे बल्कि इनके साथ साथ जो तो विकसित विकसित देश है, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको भी अपने इस uh, मुहिम में शामिल किया गया है, वो फंडिंग भी कर रहे हैं और उस फंडिंग से खुद भी बेनिफिटेड भी हो रहे हैं तो आज वर्तमान समय में निश्चित रूप से अगर हम एमडीजी के बारे में सोचे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सोचे तो ये उस नब्बे के दशक से या न से लेकर के 2015 तक की जो जर्नी रही है उस जर्नी ने आज समाज को बहुत ही विशद रूप से प्रभावित किया है आप चाहे जिन भी इंडिकेटर्स को उठा के देखेंगे मुझे लग रहा है कि आपको एक बहुत सकारात्मक संदेश बहुत सकारात्मक स्थिति प्राप्त होगी समय के साथ बदलती चुनौतियां होती हैं पहले जैसे हमारी कभी जो बेसिक नीड्स हुआ करती थी उसमें रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था बाद में उस रोटी कपड़ा मकान में आप देखेंगे की शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी जैसी दस सारी चीजें मिला करके रख दी गई तो बेसिक नीड का एम डी जी ने वहां से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और उसी प्लेटफॉर्म पर आज एस डी जी कार्यरत है और अभी पिछले वर्ष आपने देखा की भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत की अवधारणा दे दिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी और मजबूत बनाएगी तो मुझे लग रहा है कि ये, ये आठ में चर्चा हो गई है आप में से यदि कोई स्टूडेंट किसी चीज की क्वायरी करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं और मैं हैंड करना चाहूंगा मैम को हेलो क्या समझ रहे हैं हेलो हाँ जी जी सर थोड़ा बातें कर गया हूँ कुछ अगर स्किप हुआ हो तो उसके लिए हाँ सर जी जी सर जर आपने बसाया है होता है फिर है आ, से दिसी दिसी दिसी दिसी वहां से वहां से आदी -आदी आदी आदी से से पास देशन आते है। दिखो, दिखो। तो तो इस तक थोड़ा इधर दीजिए ओके थैंक यू सर मुझे uh, लग रहा था कि शायद uh, uh, ये ज्यादा उपयोगी नहीं होगा और आपने इस चीज को आ, बहुत महत्व दिया सर क्योंकि मेरे दिमाग से से में से एक बात बात ही कि शायद अगर मैं की बात कर रहा हूं, क्या इतना डिटेल में पीछे जाने की नहीं आया है उसने आपने कहा की हाँ से। से बात हो ताकि हमारे विद्यार्थी इस चीज से इंद्रिज हो तो मैंने शुरुआत में आपसे ये बात किया कि आखिर ये जो एम डी जी है अचानक नहीं आए हैं इनके पीछे की बहुत लंबी पृष्ठभूमि है मैंने सिर्फ आपको एक शब्द लेकर के छोड़ दिया उपनिवेश भारत एक उपनिवेशवाद रहा है अंग्रेजों के अधीन लगभग 200 वर्ष रहा है आपने वहां से शायद मुझे लग रहा है हर विद्यार्थी समझा होगा क्योंकि इतिहास आप पढ़ा होगा किसी ना किसी असर पर आप सब जानते होंगे कि किस तरह से रेन ऑफ वेल्थ भारत से किस तरह से संपत्ति विदेश की तरफ गई जो दादा भाई नवरोधी ने दिया था आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होता है उस प्रथम विश्व युद्ध में भी संसाधनों का खूब दोहन होगा चाहे वो मानवीय संसाधनों का पतन हो चाहे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो या पूरी तरह से समाप्त किए जाने वाले मैंने ये बताया कि जो 1914 से 18 का फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो 1920 में लीग ऑफ नेशंस का गठन होता है इसलिए ताकि दोबारा कभी विश्व युद्ध जैसी स्थितियां ना हो आप एक सहज अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आज साल भर से अधिक हो गया रशिया और यूक्रेन वार के बारे में और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस रशिया और यूक्रेन वार ने ग्लोबल सप्लाई चेन को इफेक्ट डाला है प्रभावित किया है तो उस समय तो आप सोचिए कि वर्ल्ड वार हो रहा था और तो उसमें कितने सारे देश इन्वॉल्व थे और उसी उसी टाइम के दौरान अगर आप देखेंगे तो स्पेनिश फ्लू स्पेनिश फ्लू भी आया था बहुत अधिक चर्चा में जब आप पिछले एक दो साल पहले जब आप कोरोना की चर्चा कर रहे थे तो एक बड़ी तेज से बात निकल करके आ रही थी कि लगभग हर 100 साल में कोई ना कोई एक महामारी निकल करके आती है उस तो समय स्पेनिश फ्लू था तो उससे भी बहुत अधिक मानव मानवों के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ा प्राकृतिक संसाधन तो हमारे नुकसान में जा ही रहे हैं उनका क्षरण हो ही रहा है बल्कि जो मन से, मनुष्य पर भी बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा था लाखों लाख लोग उन बीमारियों से आ, उनकी डेथ हो जाती थी हम 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को लगा था कि शायद पूरे विश्व में डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाएगी लेकिन परिणाम इस उम्मीद में उन्होंने प्रोडक्शन बहुत कर दिया इकोनॉमिक्स के अगर सभी जो भी विद्यार्थी होंगे समझ रहे होंगे कि जेबीसी ने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड मतलब आप सप्लाई कर दीजिए डिमांड अपने आप सृजित हो जाएगी अमेरिका ने इसी अवधारणा को अपनाया और बल्क में प्रोडक्शन कर दिया लेकिन युद्धग्रसित देशों में उसकी डिमांड ही नहीं हो पाई डिमांड ना होने के चलते धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले ली और वही 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हो गई तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरणों का भयंकर दोहन होगा भयंकर क्षति पहुंचेगी उन्नीस सौ उनतालीस तक का जो समय था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का था का आपको एक किस्सा भले बाकी चीजें न याद हो लेकिन हर विद्यार्थी इस किस्से को जरूर याद रखता होगा जो 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था और उन परमाणु बमों का प्रभाव आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में रेडियो एक्टिव विकरणों के माध्यम से दर्शित होता है वहाँ की पेड़ पौधों में वनस्पतियों में बच्चे अभी भी वहाँ विकलांग पैदा हो रहे हैं अपंग पैदा हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पर्यावरण का नुकसान हुआ होगा अब बात ये थी कि यही ब्रिटेन बुट्स के जो प्लेस है अमेरिका का अमेरिका बड़ा अगुआ रहा द्वितीय विश्व युद्ध में और वहीं पर ब्रिटेन बुट्स में चर्चा की गई कि हम किस तरह से करें कि अपने देशों को जो हमारे पसंदीदा देश हैं हमारे समर्थक देश हैं उनको हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएं उनको अंतरराष्ट्रीय तरलता उपलब्ध कराएं जिससे कि वो समस्याओं से निकले दूसरी चीज जहाँ पे आप देख रहे हैं जहां पे भी युद्ध होता है जो भौतिक अवसंरचनाएं होती है वो समाप्त हो जाती है सड़कें हों चाहे पुल हो चाहे भी इमारतें हो, सब तेजी से विनाश हो जाता है अब इनको फिर से खड़ा करना है अगर आपको इन्हें फिर से खड़ा करना है इसका मतलब है आपको बल्क में फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और फंड होगा किसके पास वही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इसीलिए आईएमएफ की स्थापना की जाती है पहली समस्या के निदान के रूप में जिसे उन्नीस में इंटरनेशनल मोनिट्री फंड कहा गया और जो पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान की बात की गई थी उसके लिए आई इंटरनेशनल बैंक और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात की गई हालांकि इसी पे एक मिनट की बात और बताना चाहूंगा इसमें तीसरी समस्या भी इन्वॉल्व थी ये कहा गया था कि हम आपस में व्यापार बहुत अच्छा करें व्यापार को उदारीकृत बनाया जाए लेकिन आप जान रहे हैं कि जो देश जितना मजबूत होता है सम्पन्न होता है व्यापार की शर्तें उसके अनुकूल होती है तो जब वो गरीब देशों से व्यापार करेगा तो हित ज्यादातर अमीर देशों का होगा तो जब व्यापार के उदारीकरण की बात आएगी तब अमेरिका समेत जितने विकसित देश होंगे वो इसमें विरोध कर देंगे इसलिए वो तीसरी समस्या का कोई निधान नहीं निकल पाता है हालांकि एक साइड में बाद में जाकर के आप गैट नाम सुने होंगे जनरल ट्रेड जो पंचानवे में विभिन्न राउंड के बाद उरुग्वे राउंड जो आठवां है उसके बाद आप डब्ल्यू टीओ के कन्वर्शन में देखते हैं फिर आप नाइनटीन में पहुंचेंगे मिरोज उस समय सबको लग रहा था बहुत तेजी से हो रहा है विकास होना चाहिए औद्योगिक क्रांति हो रही थी आर्थिक समृद्धि तेजी से हो रही थी ग्रोथ जो हमारी थी जितने कंसर्निंग थे, अमेरिका के एलाइड ग्रुप के उनमें आर्थिक समृद्धि बहुत तेज थी लेकिन बहत्तर में जब मीडो की किताब आती है लिमिट्स टू ग्रोथ, उस समय फिर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर जो ग्रोथ है किस कीमत पर और कब तक मिलेगी तो वही से 1972 सेवेंटी मार्च में इनकी किताब पब्लिश होती है और यद्यपि पहले से प्रस्तावित है स्टॉक होम कन कॉन्फ्रेंस उन्नीस सौ में मई जून में होना था उसको लेकिन फिर भी ये लिमिट्स ग्रोथ चर्चा कामन फ्यूचर आती है अवधारणा दी जाती है ये आता है ये में आप देखते हैं की तीन घटक रखे गए शिक्षा स्वास्थ्य इनकम लेवल एजेंडा ट्वेंटी वन जिसे नाइनटीन नाइनटी टू में रियो बिजनेरियो ब्राजील के शहर में हुआ था उसमें ये कहा गया कि अब पर्यावरण को लेकर के चलने में ही आप देख सकते हैं क्योंकि तब तक हम ओजोन छरण के मुद्दे पे भी बात कर चुके थे तब तक हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के मुद्दे पे भी बात कर चुके थे तो आप जो इन्श्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वो इसका यहाँ पे असर दिखता है हमने पहले ही बायोडाइवर्सिटी को मेनटेन करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का गठन कर लिया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित हो रही थी इसलिए आप ये भी देखते हैं हमारा जो गोल है एमडीजी का उसमें को मेंटेन so तो तो में किया गरीबी है कुपोषण है किस तरह से रोजगार की बदतर स्थितियां है किस तरह से शुद्ध पेयजल की, की समस्याएं है या चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट है लैक ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी या अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है मैटर है उस समय पे जिस तरह से आप वर्तमान समय में वर् तो के निदान के लिए भी हमें फंडिंग की आवश्यकता थी आपस में कोलेब्रेशन की आवश्यकता थी और उस उसबरेशन का ये तो मैंने आपको इंडिया के में कुछ बातें बताई कुछ आंकड़े बताए लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस में देखेंगे तो भी आपको ये चीजें इसी तरह से मिलेंगी विश्व के जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन देशों में भी कई गुणात्मक सुधार हुए हैं और जो एशिया के अन्य जो है देश हैं उनमें भी गोल काफी सकारात्मक रूप से प्राप्त किए गए हैं जी सर हां तो सर ऐसे, ऐसे समझ सकते हैं कि पहले देश देश पहले उतने ये समझा दिया, ज्यादा से ज्यादा सामान पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा देशों में ज्यादा उत्पादन मतलब ज्यादा पैसे से संसाधनों का जी जी सर। फिर इन संसाधनों से सद्या जमाने से पहला देश विश्व होता है देश पहले दृश्य मंदिर आता है ने सर उन्नीस सौ दूसरे दृश्य सामने ये चुनौती होती है इसका पुनर्निर्माण किया जाए इन समस्याओं से समाधान के लिए ने है है और उसने में में आता साथ आपने यह बताया नाम से संस्था से जनरल उन्नीस सौ पंचानवे में उन्नीस सौ ने में हाँ तो था। था। था। था है जी जी जी जी. ने था। था है ऐसे जी दृश्य उसी समय में दिशास्त्र परिभाषित किया जाता है और से है, है, वो से हैं से से ने मनुष्य साधन नहीं है मनुष्य साध्य मनुष्य साध्य इसे मानव दिशास्त्र मानव दिशा दिशी आ गया उसी समय में अवसर दिखाए गए थे उन्नीस सौ बहत्तर में ही इसी समझौता आ गया था नीज़ी। नीज़ी। नीज़ी ने हमारे से से से जाता है और वहां से हम देखते हैं कि दृश्य से सभी देश से देश यह मानने रहते हैं पर्यावरण इस ऐसा क्षेत्र है देश में सभी देशों को से, से बनाना पड़ेगा और उसी से पैने से नहीं आता है आ, आ, वहां से आ, हर दो साल में उसे दैसा किया जाता है और सन दो हजार में सन दो हजार में सब श्राबित नहीं सका नहीं सका तो नई शताब्दी सब आया था, था। महत्वपूर्ण लक्ष्य था जिसे अनु सर ने रेत किया इसमें हम लक्ष्य बनाए थे ये हमें गरीबी समाप्त करना है गरीबी समाप्त करना है समृद्धि सुनिश्चित करना है और साथ में जो अन्य स्वास्थ्य संबंधी इस है जो इसमें माया अपना बन चीजिए हाँ। तो उसने गरीबी समाप्त तो से संबंधित जो लक्ष्य जिसने जिसमें शिक्षा है स्वास्थ्य है उससे है उसने ने बताया कि से था कि हम में चाहते थे, थे ने बताया कि हम से नित्रदायना चाहते हैं, और माँ से नित्रदायूप परिभाषित करते हुए अनुसार ने बताया कि गर्भा अवस्था से दौरान से से देने और जन्म देने से बयालीस दिनों से, से, अंद्लें अंद्लें। से है। तो उसे हम अंदर है सौ नब्बे से नब्बे से रात में इस दस्य जन्म दे रहे से उसने तो तो हमारे एकदम से हैं हैं हम हमारे नियंत्रित हो गया है सौ जैसे हो गया है के नीचे आ गया हाँ सौ नीचे है वो भी देख ही और बाहर दर्ज एकदम से हाँ, 30 से, आ गया। 30 से नीचे आ गया। हाँ तो हम देखते हैं इस अवधि में भारत में धहरी निरायन हुआ माच निश्धा संधि आया भाई निश्चुद होने से नहीं आया है शिशु निःशुद रहने से नहीं आया है स्वास्थ्य जो सामान्य स्वास्थ्य है आ, जो नेतृत्व पहले पचास प्रश्न था दूसरे हम देखते हैं हुए है वर्ष से गया है अब हमारे हैं बढ़ गई सर हमारी नैरा जगह हो गया तो हम देखते हैं है भारत जो समय से साथ चलती हुआ है वो तो साथ ही सराहनीय रहा है लेकिन साथ में हम जानते हैं कि उसने से हमारा काम नहीं चल सकता है हमें और ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे और उसका समय समय से माफ करना होगा समीक्षा रहना होगा आपने हम सबके ये समय दिया इंवाइट इसके, इसके लिए सवाल पूछना चाहता है तो तो तो सकते हैं, उसे अगर तो ये, ये पूछना अगर किसी तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है है जी जी सर थैंक यू सर आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया इस तरफ इतने सारे बच्चों के साथ इंटरक्ट करने के लिए और कई फैकल्टी मेम्बर्स के साथ आ, अपने विचार साझा करने के लिए इसके लिए सर आपको कह दिल से शुक्रिया तो, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद